सुने जाो हे बता ज्ञान की बता हे ज्ञान की अरे साधु देखो ओ संतो देखो सद देखो ख देखो, देखो ना नजर पसार इनका देखो भैया देखो, देखो नजर पसार इनका देखो तो तो सत तो देखो ना न जो पुसार काया चल रे सकते चलती है अंजन से ए, ए गाड़ी चलती है अंजन से ये पवन पानी के बल से गाड़ी चलती है अंजन से ओ, पवन पानी के बल से धुआं निकले है पे संपाव धुआं निकले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 कटनिया गाडी में पक्षी सीट गट टिकट कटनिया गाडी में पक्षी सीट गट लेविया पक्षी सीट गट लेवनिया बैठे हैं इसम बैठे हैं, बाबू तीन अपनी अपनी मजल चल रे साधो देखो दे भाई मर देखो नजर पसार सा देखो नजर पसा I'll keep on running till I die. सोची जोड़ल की नवासी मोड़ल कीवाड़ल की नवासी की।, की, की, की इसम बहुत सारे हथियार बहुत सारे हथियार मंगन मोल मिल रे सत देखो भाई मर देखो ना नजर काफिया काजा, गड्डी में रख दिया दस दरवाजा रख दिया दस दरवाजा शिवलाल शुभ का लाल गाड़ी में रख दिया दस दरवाजा इसका निकल गया अश्वार इसका निकल गया अश्वार गाड़ी ना पेंड चले रस एक तो ना